तो यार आज हम बात करने वाले कॉपी राइट स्ट्राइक के बारे में कि किस टाइप की कॉपीराइट स्ट्राइक आती है एंड किन चैनलों पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है सो तो यारंगने से पहले अपने भाई का नाम भी जानूँ मेरा नाम है अरशान एंड आप देख रहे हो टैक सो तो यार सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कॉपी स्ट्राइक क्यों आती है कॉपी स्ट्राइक इसलिए आती है क्योंकि आपने किसी का दूसरे का कॉन्टेंट या फिर म्यूजिक ऐड किया है अपने क्लिप में एंड वो दस सेकंड से ज़्यादा का ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप एक मिनी सेकेंड का भी किसी का म्यूज़िक ऐड करते हो या फिर किसी का कंटेंट यूज़ करते हो तो सामने वाले पेड़ पैंड है कि वो आपको कॉपीराइट रेस्टैक देता है या फिर नहीं वो इंस्टा भी ये कभी भी कॉपीराइट रेस्ट्रैक नहीं देते जैसे कि आपको इस क्लिप में पता चल गया एंड जोगेंद्र भाई की अगर मैं वीडियो ऐड करता हूँ अपनी क्लिप ऐड करता हूँ तो वो कॉपी रेड दे सकते हैं बट जस्ट वट मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि आप किसी का कॉन्टेंट यूज़ ही मत करो या उसका कंटेंट बनाओ सबसे अच्छा और अगर आप कंटेंट यूज करना चाहते हो जस्टो रोस्ट वीडियो डालना चाहते हो सो स्केलेटन भाई की स्केलेटन भाई के पास किसी का कॉपीराइट टाइप आता है या फिर नहीं तो ये भाई तो स्केलेटन भाई को पता होगा तो वो वीडियो डिलीट कर देते होंगे या फिर जो भी हो ये बात तो स्केलेटन भाई को पता होगा लेकिन मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि अगर आप दस सेकेंड से कम का सॉन्ग कई लोग बोलते हैं कि अगर दस सेकेंड से कम सॉन्ग एड करो या फिर लिरिक्स वाले तो आपके पास कॉबीराइट टाइप नहीं आता है लेकिन ऐसा नहीं है भाई आप मिनी सेकंड का ही क्यों ना म्यूजिक ऐड करो लेकिन आपके पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा अगर वो लिरिक्स कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है लेकिन अगर आप किसी का क्लिप यूज़ करते हो दस सेकंड से कम का सो आपके कम चांसेस हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आए ये बात मैंने जुन्नू भाई से भी क्लियर की है सो जुन्नू भाई भी बोल रहे थे अगर दस सेकेंड से कम का अगर आप यूज़ करते हो किसी का क्लिप्स हो आपके कॉम्पीट स्ट्राइक आने के कम चांसेस हैं एंड आप खुद अपना कुछ ऐड कर कर पोस्ट करते हो तो कम चांसेस हैं लेकिन अगर आप वही का वही उठाकर डाल देते हो तो आपके आप वो चाहे तो कॉम्पीट स्ट्राइक जब चाहे दे सकता है एंड आई होप यार आपको समझ में आ गया होता है और कैसे आता है इस वीडियो में इतना ही बताया अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दो यार अगर आप भी एक यूट्यूबर समझते हो यार सब्सक्राइब कर क्या तो सब्सक्राइब कर दो ना भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय